एडम कैरेक्टर देख के नूबड़ा समझाएगा नूब नहीं हैकर है मैं हैकर नूब नूबराज मैं छुपेगा नहीं साल तेरी झलक का शर्फी